के कौड़ी के लला भैया की तरफ भाई साहब की तरफ से आए हैं और की धारवा से राम मिलन का सुहा के वो है? के मारे ओ चंगा में भैया मजा ले लो हम इसमें कहेंगे मजा ले लो हो भैया सलवार बाई को सलवार पहले का की आओ मुनियां kute kaat बोली प्यारी ममता बच्ची ना तो मैं हूँ अरे बोली प्यारी ममता बच्ची बबई तुम्हें क्षमता नहीं मैं जवान हूँ ये कह रहे कर करना थे मजबूर कि तुम कर पूर बूढ़े हो, लेकिन बूढ़े के हाथ देखो पंप तो देखो है? बूढ़ा तो फेरी पुणे बुढ़ु सही बात हुआ बूढ़ा तो घंटा खामोश। मेरे ना हो। तुम्हे तो मेरे तो कर रही नहीं, नहीं तुम तो, तो कर रही तू देखिए देखिये अभी रंगा बन